रीवा में बम की खबरों की आड़ में विरोधियों को फंसाने की कोशिश करने वाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मकान मालिक ने किरायेदार को सिमी का कार्यकर्ता बताया और कई अखबारों के दफ्तर में पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी थी रीवा कलेक्ट्रेट और न्यायालय में ब्लास्ट किए जाने की तारीख सहित आतंकी संगठन सिमी से कुछ स्थानीय लोगों के संबंध होने की जानकारी दी गई ये जानकारी एक पत्र में लिख स्थानीय अखबारों के दफ्तर में डाक के माध्यम से भेजी गयी अब पुलिस ने पत्र भेजने वाले को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी अब्दुल हाफिज़ ने बताया कि हमारे मकान में रफ़ीक नाम का एक किरायेदार रहता था जिसे मैंने कई बार रूम खाली करने को कहा लेकिन उसने मकान खाली नहीं किया और कोर्ट जाकर हमारे खिलाफ केस दर्ज करा दिया जिससे परेशान होकर हमने ऐसा कदम उठाया है इसमें जो आप लोगों के संज्ञान में हुआ कि जो हाईवे पर फ्लाई पर उसके अंडर पर जो भंग डिवाइस रखी जा रही थी उन घटनाओं का हवाला देते हुए रिवा शहर में भी कुछ पत्र भेजे गए हैं अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पुलिस के द्वारा ये प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था तीन तारीख में और आरोपी की तलाश जारी थी उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय को द्वारा एक टीम गठित की गई थी जिसमें ये था कि मामला सेंसिटिव है और क्योंकि ये घटनाक्रम इतना संगीन है जिसमें यू पी और एन तक के बारे में जानकारी आई थी कि बम नोमा डिवाइस जो रखी है रखी गई है कोई गंभीर घटना कोई इसका फ़ायदा उठा के घटित ना कर दी रीवा शहर में इसको ध्यान में रखते हुए टीम में टीम, टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया गया पता शादी की गई उस पता शाजी में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ये बा, जो लिफाफे थे जो ये पत्र था प्रेषित किया है उनमें से तीन चार लोगों से पूछताछ के बाद एक व्यक्ति के द्वारा इसमें घटना को स्वीकार कर लिया गया और उसने कारण बताया कि मेरे यहाँ एक रफीक नाम का व्यक्ति है जो किराए से रहता है मेरे मकान में मैंने उसको खाली करने के लिए बोला था तो उसने मकान खाली नहीं किया और जाके कोर्ट में लगा दिया मैं परेशान हो रहा था काफ़ी लंबे समय से दूसरा उसके भाई के एक ससुर हैं जिसके कारण से उनके परिवार में विवाद चल रहा था उसकी भाभी जो है मायके में रह रही हैं और उनके भाभी के पिता पति पिता के द्वारा उसकी माँ के साथ बदतमीजी की गई थी और जो उसके ससुर हैं उसके भाई के उनका नाम मुख्तार है मुख्तार कवाड़ी के नाम से जाने जा रहे हैं तो मुश्ताक कवाड़ी तो उनके खिलाफ इन दोनों लोगों के खिलाफ उसने एक लेटर लिख के और ये इस तरह से भेज दिया था प्रसाद ने उसको जिस पर से सिविल लाइन थाने में में किया गया विवेचना लिया गया और उसको फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी गिरफ्तार है उसने सारे घटना को स्वीकार कर लिया है बाकी के तथ्यों के संबंध में पुलिस अभी जाँच कर रही है संगीत किशोर लहरियों से सांस्कृतिक ताने पाने तक चंबल के पीड़ो से नक्सलवादियों के गढ़